मेहनत से MP40 बनाने के बाद आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो ये हमारा बस फालतू चीज़ हो गया तो यार आप लोग अगर लाइक करोगे वीडियो पर ना तो ये हमारा मन करता है वीडियो बनाने के लिए लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो यार कहाँ सपोर्ट करते हो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं हम इसे जला दे रहा है यूट्यूब भी छोड़ रहा है तो देखो आग लगा दिया एम में